हमारे साथ रह के हमारे साथ ही चलाकी ये मत सोचना छोड़ देंगे बेटा जिस दिन खोपड़ी सकती ना मुंह और पिछवाड़ा दोनों तोड़ देंगे